एक शख्स ने कहा जनाब उसने लंबे बाल रखे हुए थे बाल कंधो तक मर्द अगर जुल्फे समझ के रखे तो कंधो तक बल्कि कंधो से भी थोड़े ऊपर अला हजरत रहमत की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फर्मा बाल कटवाओ कंधो तक जाए कहने लगा मेरे पीर ने भी रखे हुए फाजवी ने एक जुमला कहा और आज जितने ये जुमला याद रख ले और सुनाए लोगों को जो बात बात की बोलियां बोलते और हमारे खाते पढ़ते खा शरीय नबी पाक की चलेगी तेरे पीर साहब की नहीं चलेगी शरीय रसूल सलम की चलेगी तेरे पीर साहब की संभाल के रख अगर तेरे पीर ने रखे हुए तेने कटवा वो फिर आराम करेगा तो तू भी करेगा बिल्कुल किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है मना फरमा दिया ऑफिस